पहले का इस कैसे आप लोग आए हो सब सब बढ़िया होंगे बढ़िया रहने चाहिए वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग और अभी हम लोग फाइनली यहाँ पहुँच गए मैं घर पे से ब्लॉग नहीं शूट कर पाया और अभी जा रहे हैं हम लोग चेंजिंग रूम में तो चेंज करके फिर कपड़ा मिलते हैं आपसे हाँ सब लोग आ जाओ मतला बच्ची ऐसा करने का नहीं मारेगा फिर चंदन भाई बैठे मन चश्मा लगा के और अपना बैठा है इधर बैठे अपने रवि भाई कब से बोल रहे अपने उंगली दिखाओ मुझे क्या इधर बैठे इधर बैठे बैठे देखो देखो देखो देखो पानी रहे उधर इसको वो फ्री में काम करता है और ये भी फ्री में ही काम करता है खाने का काम करता है पूरा ही दबा के करता है टेंशन नहीं है मैं नहीं रखा काम से खाने के बाद आपसे मिल गया